हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल स्के टैकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फाइल पे गए ओपन पे गए जहां भी आपका पिक है वो अपने उठा लिया ये पिक आ गया अभी फ्रेंड्स सबसे पहले आप क्या करेंगे इस टूल को लेंगे एक क्रॉप टूल है क्रॉपिंग करने के लिए इस लेफ़्ट क्लिक कर लिया आपने जितना आपको पिक लेना है उतना आप यहां से माउस से लेफ्ट क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जी हमने इतना इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया। अभी आप एंट्रेस कर करेंगे इतने फोटो को ड्रॉप करने के लिए या फिर आप यहां से इसको सिलेक्ट करेंगे ये उतना पिक आ गया है ठीक है अभी आप फिर फाइल पर जाएंगे न्यू पे जाएंगे जहाँ पे ये हम ले रहे हैं जहाँ पे हमको एक न्यू पेज ले रहे हैं जहाँ पे हमको मल्टीपल फोटोज़ की कॉपी लेनी है ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस हैं प्रेजेंट साइज़ ये है अभी हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है अब यहाँ से ए साइज़ लेना चाहते हैं ए साइज़ ले सकते हैं या जो भी आपको साइज लेना है वो ले सकते हैं अभी हमने जैसे ये लिया हुआ है ठीक है और ये कंटेनमीस ये वाइट ये व्हाइट ये बैकग्राउंड के लिए अभी बैकग्राउंड कलर मोस्टली देखा होगा आपने वाइट ही आती है तो ये बाई डिफॉल्ट व्हाइट सेलेक्ट हुआ है आप कोई और सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप चेंज करेंगे जैसे ये बैकग्राउंड कलर ये हुआ अब यहाँ से फिर चेंज कर सकते हैं तो हमने ये वाइट ही लिया हुआ है ठीक है इसको यहाँ से ओके कर दिया ये आपका ब्लैंक पेज आ गया ठीक है अभी हमको क्या करना है इस पिक को यहाँ पर मूव कराना है तो फ्रेंड्स Uh, इसमें मूव टूल होता है ये आपका मूव टूल है ये देखिए यहाँ पे माउसला लाए, ये मूव टूल है तो मूव टूल पे आप डबल क्लिक करेंगे और इस फोटो को अब माउस के माउस के लेफ्ट बटन से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये पिक आपका यहाँ पे आ गया ठीक है अभी ये पिक आपका यहाँ पे आ चुका है अभी फ्रेंड इसमें आप क्या करेंगे उसके बाद आप एडिट पर जाएंगे एडिट पर जाने के बाद यहाँ पे आपका एक स्ट्रोक का ऑप्शन है स्ट्रोक पे जाएंगे स्टोक पे जाने के बाद यहाँ पे, पे, पे, पे आप इसकी विप अभी हम इसका बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो इसकी विप देंगे और विप दे दिया अपने फाइव अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं एक कलर ब्लैक कलर है इसकी इसकी बॉर्डर कलर ब्लैक होगा कहाँ होगा सेंटर में ठीक है इसको ओके कर दीजिए ये इस तरह से हो गया है ठीक है अभी फ्रेंट इसी पिक की आपको डुप्लीकेट हमको कापी बनानी है तो हम क्या करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और माउस से माउस का लेफ़्ट पॉइंटर क्लिक करके इनको मूव करेंगे अभी फिर दोबारा से कीबोर्ड से लेफ्ट कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ़्ट पॉइंटर को क्लिक करके इसको मूव करा देंगे अभी लेफ्ट पॉइंटर छोड़ देंगे यहाँ से ठीक है फिर दोबारा से कीबोर्ड का ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ़्ट पॉइंटर प्रेस करते हुए उसको मूव कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स इस तरह से इसको ये मैनेज करेंगे आप इसको यहाँ से इस तरह से अपने अकॉर्डिंग पेंच को कर सकते हैं ठीक है अभी फ्रेंड्स आप क्या करेंगे अभी आप आपके ये यहाँ पे आ गए हैं देख अभी आप क्या करेंगे कंट्रोल ई -E प्रेस करेंगे कंट्रोल ई -E. देखो फ्रेंड्स जब आप कंट्रोल ई -E प्रेस करते हैं तो ऊपर ये लेयर वन कापी थ्री ये आपके पिक वन बाई वन कॉपी होते रहेंगे आप क्या प्रेस कर रहे हैं कंट्रोल ई कंट्रोल ई आपने एक बार करा आपका लेयर वन कॉपी थ्री आया। फिर दोबारा से आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे कंट्रोल ई प्रेस कर लेयर वन रही कॉपी टू सेकंड फोटो भी कॉपी हो गया अब फिर से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे लेयर वन कापी ये फाइनली आपका फोर अब फाइनली फोर बार आप फोर टाइम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपके ये सारे फोटो सेव हो गए हैं ठीक है फ्रेंड्स ये हमने फोर टाइम कंट्रोल ई इसलिए प्रेस करा क्योंकि आपके फोर पिक थे अगर आपके सिक्स पिक होंगे तो आप सिक्स टाइम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे ठीक है फ्रेंड्स अभी आपके ये फोर पिक कॉपी हो गए हैं अभी आप क्या करेंगे आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको नीचे मूव कराएंगे आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का लेफ्ट पॉइंटर क्लिक करके इसको नीचे मूव कराएंगे। अगर इधर उधर होंगे आप फिर दोबारा से ये ऑल्ट प्रेस करके और माउस का लेफ़्ट क्लिक करके इसको मैनेज कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अभी ये आपके पासपोर्ट साइज़ के फॉर्म में आ गए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना इनका प्रिंट आउट लेने के लिए कंट्रोल पी कर सकते हैं कंट्रोल पी या फिर आप फाइल में जाके प्रिंट का ऑप्शन आता है आपका कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट भी प्रिव्यू आ जाएगा इस तरह से और आप इसका प्रिंट दे सकते हैं या आपने प्रीव्यू देख लिया इस तरह से आपका आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से आप इसको फ़ोटोशॉप में आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली कंट्रोल पी करेंगे तो भी आपके फ़ोटो स्ट्रेस तरह से निकाल के आ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू